में में में दिल दिल दिल मेरे मेरे मेरे के के को चक्रिया मैं तोर से दूर दूर खुद के ना यार जुरे जो पाबे जोड़ी कहां पाबे जो कहाी पाबे चकलिया जो पावे चो पड़ेना पावे